तो तो तो <laughs> ज्यादा कह रही है ये मैं नहीं कह रही है ये बतक अब साल 2020 के बाद हो रही गरीब घटनाओं पर विश्वास किया ही जा सकता है यहाँ वैज्ञानिकों ने पालक को ईमेल भेजना सिखा दिया और अब यह बतख अंग्रेजी में गाली दे रहा है तोते को तो आपने इंसानी आवाज में गाते बोलते सुना ही होगा हम मिलिए इस ऑस्ट्रेलियाई मस्त बतख रिपर से जो इंसानों की भाषा के साथ साथ कई और दूसरे तरह की भाषाओं की भी नकल करता है guess कमान आज का नहीं है आज से करीब 30 साल पहले उन्नीस में ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ता डॉक्टर पीटर फुलागर ने रिपर को पहली बार बोलते हुए रिकॉर्ड किया था मगर अब जाकर उनकी ये रिकॉर्डिंग सामने आई है जब नीदरलैंड के लीडन यूनिवर्सिटी के एनिमल बिहेवियर के प्रोफेसर और रिसर्चर कैरल टेन केट ने इसे खोजा वो चिड़ियों के बोलने ऐसी रिलेटेड एक बुक पढ़ रहे थे जिसमे उन्हें मस्त बतक आरोप किए गए शोध का रेफरेंस मिला पहले तो उन्हें भी झूठ लगा मगर जब ने पीटर फुलागर की रिकॉर्डिंग सुनी तब जाकर उन्हें यकीन रिपर को तिदिन बिल्ला नेचर रिजर्व में रखा गया था तो हो सकता है वहां के केयर के मुंह से बार बार ये शब्द सुनकर रिपर ने इन आवाजों की नकल करना शुरू कर दिया होगा इस शोध को करने का मकसद डग के मीटिंग के दौरान की ध्वनियों के अलावा शारीरिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करना था इसी दौरान रिपर दरवाजे की आवाज भी नकल करता हुआ और यू ब्लडी फूल को रखते हुए पाया गया। रिसर्च में ये भी पाया गया कि ये बत्तख तोते हमिंग बर्ड मैना पक्षी जैसे दूसरे पक्षियों की आवाज की भी नकल कर सकते हैं इंसानों की नकल करता हुआ ये बत्तख उस वक्त महज चार साल का था मादा बत्तख को खोजने के दौरान इस नर बत्तक ने ये आवाज़ निकाली थी पर हाँ यू ब्लडी फूल का लास्ट वर्ड फूड है या फूल ये है ये पूरी तरह ऐसी सुनने वाले आरोप डिपेंड कर है, लेकिन हाँ ये जो घटना है ये किसी सरप्राइज ऐसी कम नहीं है जब ये सुना है तो जाते जाते एक और अनोखी घटना को देखते जाइए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक चिड़ियाघर में एक पक्षी के बच्चे की तरह रोने का वीडियो शूट किया गया वीडियो में पेड़ पर बैठा पक्षी बिल्कुल किसी बच्चे की तरह आवाज निकालकर रो रहा है प्रकृति तो अपने आप में अद्भुत है और इसका उदाहरण हमें आए दिन देखने सुनने को मिलते ही रहते हैं बच्चा का इंसानों की तरह आवाज निकालना भी इन्हीं में से एक है तो ऐसे ही और भी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए।